एक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 300 करोड़ की नकदी मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है पीयूष जैन एक इत्र कारोबारी है जिन्होंने कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने की शुरुआत भी की है आयकर विभाग की रेड में इनके घर से नोटों के बंडल और नोटों से भरी अलमारी मिली जिनसे लगभग तीन करोड़ का कैश बरामद किया गया इसके अलावा दो किलो चांदी पच्चीस किलो सोना और छह करोड़ की कीमत वाली चंदन की लकड़ी भी बरामद हुई पीयूष जैन का कन्नौज कानपुर और मुंबई सहित कई जगह कारोबार फैला हुआ है इतना पैसा होने के बावजूद पीयूष के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने बताया कि वो शादी में भी पजामा और टालट की चप्पल पहन कर आ जाता था अरे भाई सादगी हो तो पीयूष जैन जैसी वरना ना हो भगवान ऐसी सादगी सभी को दे फैक्ट नंबर सेवन जब भी कभी भगवान राम का जिक्र आता है तो हाँ।